की मूरत है किसी पत्थर में मूरत है हमने देख ली लड़की यार इतनी खूबसूरत है हालांकि दुनिया है कहता है कि जो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है जमान अब दोस्तों के लिए ये लाइन ये दो लाइनें है अपनी दोस्तों के लिए की जमाना अब लड़की के बोतरी हो सकता है अगर किसी की जैसा से बहुत ही अच्छी है बहुत ही गहरी अंदर से, दिल से है, है, अपनी अपनी पर मुझे खबरी तुझे मेरी जरूरत है साक्षी से गौर कर रहा कि तुझे मेरी जरूरत है मुझे तेरी जरूरत है तुझे मेरी जरूरत है मुझे है। इत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ उसी की दी एकम्ण। हुई एकम्ण। दौलत उसी के नाम करता हूँ क्या कहा है चौसिया भाई हवा का काम है का काम है जलना वो अपना काम करती है मैं अपना काम करता हूँ क्या कहने कि क्या कहते कभी कभी सच्ची <laughs> दीवानी थी, गौरव दीवाना है कभी कभी दीवानी थी, रोशन दीवाना है। देखना भाई रोने <laughs> सब लोग कहते हैं कहता। मेरी में जब तू समझे समझे तो मोती है जो है, जो ना जिया जिया बिन जो क्या कह मैं तेरे बिन जो लूं उसे भी काम लिखता हूं तेरे घर के हर एक को धाम लिखता हूं। आगे दिक्कत है भूल याद अब हम प्रदीप की। माँ प्रदीप कैमरामैन और साथी कमेंटेटर विवेक और दर्शक में गौरव कुमार जो अभी भी नए नए रिलेशनशिप में आए हुए हैं साथी चौहान के साथ और हमारे साथी खिलाड़ी राजभर जो इनका निक नेम इनका तकिया तकिया क़लाम क़लाम है है राजू राजू बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो होमेंट करें, करें, लाएक, करें, लाएक, करें। और इसलिए मजेदार तो वीडियो आपको देखनी हो तो मत चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर पसंद ना हो तो प्लीज इग्नोर करें और घंटा घंटा दबा के बिल दब बिल दबा के और करें